और देखें हैं मौसम इस बार देरी से ही सही लेकिन काफ़ी शपिय हुआ है देश भर के बड़े बड़े शहरों में गलियों और सड़कों पर पानी भरा है जो खेतों किसानों और फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है तो पकी हुई फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी मगर आज हम बात करने वाले हैं मौसम की मार झेल रहे उन लोगों के लिए प्रशासन का उदासीन रवैया सरकारी घोषणाएं करती है लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है ये आज जानेंगे रतिया में बरसात से वार्ड नंबर 11 में रहने वाले एक गरीब परिवार के जर्जर मकान की छत और उसके टपकने का वीडियो सामने आया जिसने साफ कर दिया कि कमीशन खोरों के चक्कर में वर्षों से ये मकान वैसे का वैसा है अपनी आत्मा को बेच चुके अफसरों को और ऐसे अफसरों द्वारा तैयार किए गए लाचार और भ्रष्ट सिस्टम की पोल खोल कर रखती है जर्जर हालात जर वाले इस मकान में माँ बेटा और मजदूर रात दिन मौत के साए में रहने को मजबूर हैं दिन में तो जैसे तैसे किसी के सहारे और खुले आसमान के नीचे फक्त बीत जाता है लेकिन रात के समय अगर बरसात आ जाए तो इस जर्जर छत के नीचे रहने वाला परिवार सोने को पूरी तरह तरस जाता है वहीं घर के सामान को भीगने से बचाएं या मकान के गिरने से बचें इन दोनों ही हालातों में जागना पड़ता है इतना ही नहीं कमरे में लगे हुए बेड को बचाने के लिए छत से रहे टपक रहे पानी को भी दूसरे बर्तनों में इकट्ठा करना पड़ता है ऐसा भी नहीं है कि परिवार अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पा रहा परिवार ने अपने मकान के जर्जर हालात को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रतिया नगर पालिका में आवेदन भी किया आवेदन पर प्रक्रिया के तहत सभी फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी करने के बाद पेमेंट भी सरकार से नगर पालिका में आ चुका है लेकिन परिवार का आरोप है कि कमीशनखोरी के चक्कर में जिम्मेदार अधिकारी इस परिवार की इस योजना के तहत मिलने वाली सभी राशि किसी भी प्रकार से रोक कर बैठे हैं बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी परिवार की पीड़ा सरकारी सिस्टम नहीं सुन पा रहा वहीं पीड़ित परिवार से हरीश कुमार ने बताया कि मैं और मेरी मां अपने इस मकान में रहते हैं इस मकान की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है हमने नगरपालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता हेतु तो आवेदन किया था लेकिन हमें योजना के तहत मिलने वाली पेमेंट नहीं दी जा रही जबकि अधिकारियों के पास मैंने बहुत सारे चक्कर लगाए हैं अपने वार्ड के एमसी ने भी उनको साथ लेकर के भी गया हूँ लेकिन कभी भी बात नहीं बनी उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी प्रकार का डाउट है तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर लीजिए उसने ये भी कहा कि मैं और मेरी माँ घर में बरसात के मौसम में हर बार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होते हैं क्योंकि मकान की हालात बहुत नाजुक है मकान किसी भी समय गिर सकता है परिवार काफ़ी गरीब है वहीं तो वहीं वार्ड ग्यार नंबर 11 की एमसी सी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि नगरपालिका के सभी अधिकारियों से मिलकर के गरीब परिवार की मदद के लिए भर सख्त प्रयास मेरे द्वारा किए गए थे लेकिन इस गरीब परिवार के पास अधिकारियों को देने के लिए कमीशन राशि नहीं है और यही कारण है कि परिवार को पेमेंट रिलीज नहीं की जा रही वहीं मंजू ने कहा कि मेरे वार्ड में जिन परिवारों के अधिकारियों ने कमीशन दिया है उनकी पेमेंट तुरंत रिलीज कर दी गई है वहीं नगर पालिका के सचिव पंकज गुज्जर ने जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी 3 सितंबर को ही उन्होंने पालिका सचिव का पदभार संभाला है और परिवार के बारे में जो आवेदन हुआ है और उसकी पेमेंट अगर नहीं रिलीज हुई है तो रिकॉर्ड जाँच करने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी देखते हैं पल पल फते राजेश रूप जब भी बारिश आती है तो छत छत चौने लग जाती है ठीक है हमें रात रा, दिन रात बार, बार बारिश में निकालना पड़ता है कब हमारा पता नहीं कब छत गिर जाए कब क्या हो जाए क्या उसका कोई पता नहीं है हम हमने फार्म आवाजना वाले फार्म भरे हुए हैं पर उस पर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ठीक है हम नगर में जाते हैं वहाँ पर कोई कोई सुनवाई नहीं है न कोई कोई सुनता है हम जिसके मुकेश है जिसके अंडर ये काम है उसको हम कब फोन करते हैं, ना कोई ना वो फ़ोन उठाता है ना कितने में, दिन में कितने फ़ोन करते हैं फिर हम एम सी घर आ जाते हैं वहां वो हमारी फुल फुल हेल्प कर रहे हैं फुल सहायता कर रहे हैं पर अभी भी कोई सुनवाई नहीं है हमें सभी अधिकारियों यही निवेदन है कि हमें जो फार्म जो आवाजन वाले फार्म है जो उसको पैसे बनते हमें दिए जाएँ और हमारे घर का जो निरीक्षण करना निरीक्षण भी किया जाए है। आप इस करते हैं। क्या नाम है मैं हरीश कुमार सर मुझे बिल्कुल गरीब परिवार है जिसका आप मकान देख कर आए हुआ ठीक है, है इनकी स, जैसे दिन में बारिश आ जाती है तो इधर उधर हो जाती है रात को अगर ज्यादा बारिश आ जाए तो सपोज तुम इनको पता न चले नीचे आकर ही धबके मर सकते बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इस वक्त अगर बारिश आ जाती है सारी रात सारा दिन बाहर ही गुजारना पड़ता है इनको ठीक है ये कई बार हमारे घर आते हैं जैसे कोई करो कार्रवाई तो हम जैसे नगर पालिका जाते हैं अधिकारियों से मिलते हैं जैसे सेक्रेटरी एम और जो जिनके अंडर पैसे आते हैं जैसे मुकेश नाम के आदमी है उसके अंडर भी पैसे आते हैं ठीक है उससे भी एक दो तो बार बात हुई है चेयरपर्सन के साथ भी बात हुई है मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही अच्छा पता नहीं क्यों नहीं सुनवाई हो रही मेरे वार्ड में काफ़ी जैसे लोन पास हुए थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पर कईयों के पर मेरे को ये था कि बिल्कुल गरीब परिवार है चलो इसको तो पैसे मिल जाए हमने इसके खिलाफ काफ़ी इसके इसके लिए काफ़ी जोर लगाया जैसे ठीक है उसके बाद हमें कोई हेल्प नहीं किसी तरीके से ठीक है तो हमने फिर जैसे इनके लिए काफ़ी कुछ किया पर हमें कोई आज तक पैसे नहीं मिले पैसे क्यों नहीं मिले इसका कारण ये हो सकता है भी ये पैसे उनको देने में अवेलेबल नहीं हो सकते क्योंकि तो कई लोग हैं जो पैसे दे देते हैं उनको पैसे मिल जाते हैं खाने वाले बहुत हैं और मेरे हस्बैंड ने इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी और इसका हमें बहुत बड़ा हजाना भी पूछना पड़ा हमारा जैसे सन्ार रोड के सर्विस स्टेशन है तो मेरे हसबैंड वहाँ पर बैठे थे और कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उन पर हमला किया यही गुजारिश है जो इनके पैसे आये हुए हैं उनको जल्द से जल्द दिए जाएं अगर जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी आकर इस घर का निरीक्षण भी करना चाहता है तो वो कर ले अगर उसको अवेलेबल लगेगा तो वो बना देगा अगर नहीं लगेगा तो मत बनाएगा नगर पालिका रथियम तीन लोग है तो हम चेक करवा लेंगे जो भी आवेदक है अगर उसका डी में नाम है कितनी अमाउंट पहले डिसबर्स हुई है या नहीं चेक करवा जो भी कार्रवाई है उचित कार्रवाई उनका परिवार का कहना है कि अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो हमारे घर का आकर निरीक्षण कर सकते हैं और हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान तो। वाई अर्बन में जो पहले डी तैयार हुई थी उसी के आधार पर ही आवेदकों को लोन डिसमर्स होता है इसमें हम अपनी तरफ से जो भी राशि बनती है उसको डिसमर्स करते हैं जे के मौका निरीक्षण केयर प्राप्ति